मम्मी जी ये क्या सिर पे हाथ रख के बैठी हैं कहीं मर न जाएं आप हार्ट ना आपका फेल हो जाए मैं कहीं नहीं जाऊंगी छोड़ के आपका घर और आपके बेटे को बता दे रही हूँ आपसे मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ उनसे शादी की हूँ कहीं नहीं जाऊंगी मैं जो आपको करना है वो कर लीजिए ठीक है और हाँ बता दीजिए कि टॉयलेट कहाँ पर है भतार चॉकलेट होला हो ए, ये का हो, उखार, उखार जान ली हो तो हर बहुत है जब तक बोली तब तक तो हमारे मोड़ी चढ़ गई आज तुम्हें हम बरियम बताई देती टॉयलेट कहा है बता दीजिए सीधे सीधे और न मैं आपको मार सकती हूँ बता दे रही हूँ आप गांव की औरतों का तो मुझे समझ में नहीं आता है क्या सोचती हैं क्या किस तरह के हैं आप लोग गंवा रहे कहीं की बात तो ऐसे कर रही है जैसे कभी लड़की ही नहीं देखी कभी टॉयलेट ही नहीं देखी बता दीजिए और मैं यही पे मारूंगी मैं भी आपको डंडे से चार चार डंडे मारूंगी बता दे रही हूँ का, तो बेटा ले अपने फसा अब हम आज कपड़ा हुआ है घिरिया घिरिया मारम बोला ना तू जान हो, तू जान कुल गांव भर का मनाई है नहीं है ठीक बात नहीं बताइए टॉयलेट कहा मत बोलिए चला तुम्हें दिखावा भी मार सकती हूँ आपको वहां पर जानती नहीं है क्या मुझे चला वो चुराई लियो चला, बैठे ही चलाई लियो काटो नहीं ते। क्या बोलिए आप, आप तो डर है बुढ़ी औरत कहीं, कहीं गवार कहीं की पता नहीं में की बगिया ब लेके आई है मैं नहीं जाऊंगी यहाँ पे ठीक है आपको जाना है तो जाइये मुझे नहीं जाना अपने बेटे से कही टॉयलेट बनवाए हाँ तो क्या बोली है चुड़ल सबसे बड़ी चुड़ा तो आप है मुझे नहीं जाना है बगिया ने चलिए धर मैं नहीं जाऊंगी मम्मी जी बाथरूम कहाँ पे है है है अरे बाथरूम नहाने हाँ नहा एक एक बार है, माली कहीं लिए लिए है एक बार तू बै तू है है नहा नहा धोवा में ऐसा ऐसा नहाते नहाये छोड़ के चारख लोको नहा माई गाड़ क्या गंदगी मचा के रखी है आप मैं इसमें नहाऊंगी ये देखिए कितने सारे कीचड़ है कैसे मैं नहाऊ कहा नहाऊ इतना खुले में कोई देख जाएगा तब क्या कहेगा देख जाए पहने लौकटवा <गलागा> तुहार ही है हो बड़ा बात करे नहाने घर से मैं नहीं भाऊंगी यहाँ की चढ़ी आपको आप नहाइये गारे की आवत फेर बात कर दिया भाई छोटा भा उखार उखार मार बाप तो के बता दिया जब बता ले मारबे करम तो के आज त हम छोड़ा नहीं का कहले का कहले कोई चुड़ैल तो बड़वा उखार लेबा जे कुल उखारम जान उ तइले हू का कहले ओका बनमउले ह चुड़ैल कही तो खलम तो छोटा बात कर दी मार मार मार मौतवा जे में तू मार हम तू ही मारम जान ली हो तू आज मैं भी मारूंगी आपको मामी जी, बहुत हो गया आपका ना जब तक ना बोले तब तक आप सब चाह जा बगिया मिले जा रही हैं है।, है कहा रहती है मम्मी जी कुछ खाने वाने को मिलेगा की नहीं आपका किचन कहाँ पे है आप दिन भर कुछ नहीं खाती है क्या चाय मिलेगा की नहीं मुझे अरे किचन हाँ ऐसे खाना बनाती है आप लोग खुले में ऐसे कोई भी आ रहा है देख रहा है खाना पानी मक्खिया क्या गंदगी मचा है क्या है कचरा उचरा साफ नहीं करती है कभी गाँव की गवारी औरतें मलिक्छनी कहीं की होती है गाँव की हाँ, तो, बा, बा तो जान जान तक में भतार काटो ना हाय बजे क्या लेना देना है इससे हाँ करावा जान ले हो तू की सब मनाई जे ही देखा काम है कहना कहना दीजिए मेरा जो काम है मैं कर रही हूँ मुझे मन ना देखिये मत देखिए